बोतल छुपा दो कफन में मेरे समसामने पिया करूंगा जब खुदा मायेगा हिसाब तो पैक बना के दिया करूंगा जुड़ रही है हमारे इस चैनल पर मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी लड़कियों के वीडियो की के कहेंगे कि लड़कियां भी इतनी शराब पीती हैं नशा उतना ही करना चाहिए जितना इंसान झेल सके और उसकी बुद्धि पर उसका कंट्रोल रहे मगर कोई सीमा को तोड़ के आगे बढ़ता है तो इसी तरह की वीडियो देखने को मिलता है जैसे इसी पहली घटना को देख लीजिए वीडियो देख के समझ में आया आपको मोहतरमा न केवल नशे में झूम रही थी बल्कि यूएस के हाईवे इंटरस्टेट 15 के ही बीच में अपना गाड़ी रोक के पेशाब करने लग जाती हैं और तो उसे कोई चक टोकता है तो उसकी एक भी नहीं सुनती है अपनी जान की परवाह न करते हुए महत्वरमा बीच रास्ते पे ही फोन चलाने में बिजी रह जाती है अब ऐसे लोगों का तो आराम ही रख है मेरे भाई अब जो हम दिखा रहे हैं भी कुछ इससे मिलती जुलती घटना है देखिए जरा इससे पहले। hey! Wake up! घटना इंटर स्टेट अठ पांच की है यहाँ पे जहाँ नशे में एक मोहतरमा गाड़ी को रोक बीच रास्ते पे सो हो गई गाड़ी के अंदर इसे तो अपनी जान की परवाह नहीं थी कि कोई गाड़ी पीछे से आकर इसे टक्कर मार दे सकती है मगर ये नेक दिल पुलिस वाले ने जो कि असच में काबिल तारीफ था पुलिस वाले ने तुरंत कांच तोड़ा और उसे बाहर निकाला और उसे अरेस्ट कर लिया और ऐसे महिलाओं क्या कहें चीन के बैरियर के सामने एक कार आती है दो बजे नाइट पे और जैसे ही कार आके रुकती है बैरियर का स्टाफ हाथ आगे बढ़ाता है और देखते हैं कि पैसे नहीं मिल रहे वो फिर अचंबा हो जाता है इधर देखता रहता है फिर देखते देखते वो बाहर निकलता है बाहर निकलने के बाद वो कार के जस्ट सामने होता है खड़े खड़ी होने के बाद वो कार के राउंड मारने लगता है जस्ट ही देखते हैं ऊपर कोई है बाल वाला जो भूत की तरह दिख रही थी दरअसल वो भूत उत कोई नहीं थी वो लड़की ही पीछे से निकल के धीरे से और गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी और उसे डरवाने की कोशिश की और वो बेचारा डर के भाग गया फिर उसने जा, जाके गेट उसने खोला और भाग गई देखिए दोस्त कैसे कैसे लड़कियाँ होती है के चली जाती है चलिए अब इन क्यूट सा के बारे में बता दें बहुत प्यार कर रहे हैं इन काटों देखिए कैसे मुंह में दवाई इन कैट को लेकर आ रहे हैं डे बेचारे ये सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं साथ में है बताइए देखिए देखिए कैसे बेहेव कर रहे हैं के साथ वाह क्या सेल्फी है यार क्या दोस्ती जिगरी दोस्ती यार दे रहे देखना यार कैसे करते हैं वाह यार थोड़ा सेल्फी ले ले मेरे साथ ऐसे देखिए बोल रहे हैं इस्माइल इस्माइल गजा भी करते हैं यार जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ देखिए इंसान के ऊपर कैसे एक सांप ने हमला किया देखिए दोस्त देखिए देखिए देखिये इस तरह का हमला करते हैं कोई स्नेैक फ्रेंड एक तो रिकॉर्ड गया वरना कोई यकीन भी नहीं करता देखिए कैसे एक भूत कैसे इंसान को उठा के ले जा रहा था और सलाह क्या हो रहा था मेरे साथ <laughs> देखिए क्या हो गया इसके साथ दिल्ली में एक इंसान बहुत अधिक शराब पी लिया है और देखिए उनकी क्या बिहेव हो रही है उनकी क्या क्या डिमांड है देखिए जरा शराबी भाइयों को बड़ा अपमानित तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है कहीं इज्जत वाली बात नहीं है ये शौक कभी नवाबों वाला होया करता है आज हमें कंगला कहा जाता है हम पूरे देश में शराबी भाइयों को इकट्ठा करेंगे और में पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का गिराव करेंगे हम सरकार से ये बात रखेंगे रखेंगे कि हमारा मॉडल अस्पतालों में इलाज होना चाहिए और जब तक हमारा मेडिकल उपचार चलता हो सरकार हमें कैंसिल बांधे एक बड़ी रणनीति बनाएंगे जिसमें एक पार्टी होगी शराबी सदस्य होगा और साबी ही अध्यक्ष होगा पार्टी और हम ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार अभी भाइयों को अपने नुमाइंदों से करोड़ों की शराब पिलाई जाती है और जब सरकार बन जाती है तो हमारे बारे में नहीं सोचा तो जाता